इंडियन क्रिकेट का भविष्य तब तक नहीं बदला था जब तक यहाँ पुराने अचीवमेंटों की मालाएं और याद की जाती थी धोनी ने आने के बाद सबसे बड़े डिसीजन लिए उसने तीन खिलाड़ियों को जो फील्डिंग में कमजोर थे उनको हटाया तो भारतीय क्रिकेट में हड़कम मच गया क्योंकि वो तीन क्रिकेट के बैटिंग में विश्व के टॉप बल्लेबाज थे उसने कहा नब क्रिकेट नए चोर में जाना चाहता है अब चाहे बैटिंग करने में खूब हो लेकिन अगर फील्डिंग का छेद है हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे तीन प्लेयर को कम लेकिन पता है उसने उसने क्या कर दिया? उसने फिल्टर दिए। अब आगे के लिए किसी को हटाने में तकलीफ नहीं होती कि वीरेंद्र सेवा कोई नहीं बक्सा था इनकी खेत की मूल्य इस बात का मतलब है भैया लगातार चलना है लगातार पीछे कितना चले डर लगातार चलना है